<स्थाथ> मिले चले जाता पीमा बेसिकी मेटिया प्यार कर चले जाता पीमा बेसिकी मही मेटिया प्यार कर पेराए कभी कभी दिले जला तो दिल जला जला चले खेले जा माई कभी माई मेटिया प्यार करना प्यारा जाता अभिमान बढ़िया प्यार भी रहा है मचल सुरफुर विष्णु मदे चिल तू कौजे चल जा मई चली गाँव मई मेरी प्यार ज्यादा पहलाए ra sahira hai गहरा तो प्यार में दर्द जब दिल टूटे गहरा तो प्यार में दर्द बुरे तबा दर्द बुरे जब धोखा मिले ला चले जाम बिना है मैं का भी नहीं क्यों नहीं मेरा प्यारा पिरा